हेलो फ्रेंड हाय मिस्टर इंडिया चेंज इज लाइफ चैनल में आपका स्वागत है सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि मैं आपको बताना और समझाना क्या चाहता हूं जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों तो आप इस वीडियो में बने रहें प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबा कर रखें ताकि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे मैं रघुवंश कुमार एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं एवं साथ में मैं पढ़ाई करता हूं आप लोगों के बीच में कुछ खास और महत्वपूर्ण विचार लेकर आने वाला हूं जिससे आप समझ अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकें मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ मैं अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा हूँ जैसे परिवार में कैसे रहना है समाज को कैसे आगे बढ़ाना है जिंदगी क्या है रिश्ता को कैसे लंबे समय तक चलाएं, एक सफल व्यक्ति कैसे बने जीवन में आगे कैसे बढ़े जिंदगी में क्या करें क्या ना करें, सकारात्मक विचार कैसे लाएं, बातचीत करने का तरीका बिना एक रुपये खर्चा किए हुए ऑनलाइन पैसा कैसे कमाए नकारात्मक विचार से कैसे बाहर निकले अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें कोई भी व्यक्ति अपने अंदर के टैलेंट को कैसे पहचाने और इसके अलावा मैं समाज सेवा करता हूं। गरीब गरीब क्यों होते जा रहा है और अमीर अमीर क्यों होते जा रहा है एवं पर्यावरण को कैसे समझे सफल शिक्षित व्यक्ति कैसे बने नौकरी करे या बिजनेस करे सरकार से अपना अधिकार कैसे मांगे एक्सरसाइज सेहतमंद एवं मेडिटेशन कैसे करें इत्यादि जिसे मैं सीख कर और समझ कर आप लोगों के बीच में आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो आपका जिंदगी नहीं है असल में जिंदगी आपका वह होगा जो आप हासिल करेंगे जिसे आप प्राप्त करेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं एवं एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं मैं अपनी बात बताता हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ संपन्न हूँ और बेहतर से बेहतर ज़िंदगी जी रहा हूं, भले ही मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूं। अब आपको तय करना है कि जीवन में करना क्या है ऐसा आप क्या करेंगे जिससे आप समझकर और सीखकर अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकें आप इन सभी विचारों को सीखने और समझने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबा कर रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर मुझसे कोई बोलने में असुविधा हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूं। ओके थैंक यू फ्रेंड मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बेस्ट ऑफ लक